कभी कभी किसी से इतना प्यार हो जाता है कि जब उससे बात ना हो ना तो दिन क्या जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती